तो गुड मॉर्निंग गाइड्स कैसे हैं आप सभी लोग वेलकम बैक टू गेम प्ले वीडियो तो आज हम लोग दोबारा से गिरने जा रहे हैं दर्ल किंगी चैप्टर टू जिसने भी हमारी पहली वाली वीडियो नहीं देखी वो जाके पहले तुरंत वीडियो देखे तो ही आपको ये समझ में आएगा कि क्या हुआ था हमें एल्डर ने भेजा था उसकी मदर को सेफ रखने वहाँ पर जो साइंस बेस एंट्रेंस में और जो पागल नोट थी वो अपने उसकी मदर को एक्सपेरिमेंट कर रही थी जॉम्बिज वालों जो अनदेक्षा थे उससे फिलहाल हम वहाँ से बड़ी मुश्किल से बचकर ही अपने लोकेशन पर वापस आ गए और हमारे पास ये लेला का कॉल आया और हमें ज़रूरी काम से बुलाया तो पहला लेला लेला के पास जाते तो लेट्स गो गाइड्स हम गेम स्टार्ट करते हैं चौम्बीजों ने मार मार के बहुत हेल्थ कम कर लिए पहले तो है, हेल्थ पूरी करते हैं फिर हमारी लेला की बात सुनते हैं लेला क्या कहनी चाहती है तो हम पहले इसको यूज़ करते हैं तो 58 हो गई है हेल्थ अब लेला से अमंडा ओके इधर है हेलो हवर यू अमंडा कैसे हो लेला अपनी बात थोड़ी जल्दी करो मुझे एल्डर का भी अधूरा काम पूरा करना है लेट्स गो गाइड्स इस बार जो लेला ने हमें कहा हैं वो बात सुनकर थोड़ा आप भी डर जाओगे उसने कहा क्या है कि जो डरने वाली बात आ गई वो हम कहते हैं पहले तो हम अपने लोकेशन पर जाते हैं जहां डिस्टो फैक्ट्री में वो जो वर्क करना है वो थोड़ा रिस्की है ये हमें ये लक्की बूस्टर मिल चुका अब हमें इस बार क्या मिलेगा क्या पता प्लस सेवेंटी फाइव सेवेंटी फाइव रुपये मिलेगा इट्स थैंक यू <laughs> क्लियर द एरिया ऑफ जोबिज जीरो इसको तो एड दे दिया और पाँच बाकी है देखो देखो चलो गाइड्स या आ गया कुत्ता इसको भी हम डॉग्स डॉग डौक को मेरे को मारने का मन नहीं हो रहा पर ये पागल है जैसे हमको मारने आता है इसलिए हमको इसको भी मारना पड़ता है वरना ये डॉग तो डॉग को जैसे एनिमल्स इस को मुझे मारने का होता ही नहीं है गाइड्स पर ये जो काटने आता है अब इससे किसे बचे हुए हर बार में बचता बच तो रहता है ऊपर पीछे पीछे हटने की काटने की कोशिश करता है इसकी वजह से हमारी हेल्थ कम हो जाती है तो इसको भी हमने इसने हमको काटा उसको भी दे दिया बस इसको का, का, इसको इसको इसको हेडशॉट पड़ेगा हेड हेड अरे यार इसको, तो इसको मार दिया चलो सबसे पहले हमें मेडिकल इक्विपमेंट ढूंढना पड़ेगा उसके पहले इस लोकेशन तक पहुंचना पड़ेगा फाइनली हम इस लोकेशन तक पहुंच गए लेट्स गो गाइड्स लेला जो हमें बात की थी वो बात क्या ये बात वो है कि जो हमें लेला कहा था कि जो बम है वो हमें इस टावर जो लंबा वाला टावर देखा होगा उस टावर पे हमें लगाना होगा और उसको हमें डिस्ट्रॉय करना होगा ओपन द लोकेटर हमें ये लोकेटर खोलना होगा उससे पहले इस जो को मारना पड़ेगा ये एक ख़त्म ये इसको एक नहीं मारना उसको पहले ये ख़त्म दो खतं। ये दो खत्म ये तीन खत्म और इनको मैं बम से बुलाऊंगा ये दो खत्म सबसे पहले तो हमें ये लोकेटर को खोलना पड़ेगा ये जो अलमारी है तो खोलना पड़ेगा तो वो कहाँ परोकेटर इसको खोलते पहले गाइड्स ये ओपन और ये रहा गाइड्स बम फाइंड डायमे बम इसको इसको हमें नीचे लाइट हाउस दिख रहा वहां पर जाके लगाना है बट डाउन दाइट लेट्स गो गाइड्स हमें जिस गाड़ी का इंतजार था वो गाड़ी आज आ चुकी है कहाँ पर ये रहा। इसके ऊपर चढ़ने के लिए हमें गाइड्स ओ भाई ये क्या है इसने हमें काटा गाइड्स दो सेकेंड इसको हम पहले टपकाते हैं, फिर हम आगे बात करते हैं तो ये ले तो खा ले पहले तो हमारी मंजिल वो हो रही वहाँ पहले तो वहाँ पर पहुँचते पहुँचते क्या पहुँच गए और इसको हम इधर लगाते फाइनली गाइड्स हमने बम को लगा दिया अब हमें ज़्यादा इंतज़ार नहीं होता है फाइनली गाइड्स हम इस रिमोट को दबाते हैं तो गाइड्स पहले तो इसको हम टपकाते हैं इसको हमने ये टपका दिया अब इसको हम ख़त्म करते हैं थ्री टू वन ओह माई गॉड क्या धमाका था यार गाइड्स हमें इन जोबीज़ों को पहले तो मारना पड़ेगा इकतीस गेट द मेडिकल इक्वाइपमेंट ऑन द रूप ओके सबसे पहले तो हमें इसके ऊपर जाना है इसके ऊपर ये हमारे लिए बना क्या ऊपर चढ़ने के लिए ओह गाइड्स लेट्स को गाइड्स हमने धमाका भी कर लिया और हमें इसका भी ये दो जोबीज थे नुबड़े मेरे सामने कुछ नहीं है हमें उधर जाना है पहले तो गाइड्स कहाँ जा रहा तू इसको गेम को पहले तो हम सेव करते हैं मेडिकल इक्वाइपमेंट को उठाते हैं और यहाँ से निकलते हैं लेला ने हमें भेजा है इधर इसके फ़ायदे के लिए और इधर ये रहा दवाइयाँ बहुत सारी दवाइयाँ इक्वाइपमेंट मेडिकल्स इसको हम उठाते हैं और यहाँ से निकलते हैं फाइनली हमने ये मिशन कंप्लीट कर लिया फ़िलहाल हम अपने लोकेशन पर वापस जाते हैं ऑल राइट गाइड्स फ़िलहाल हम वापस अपने गांव वुडलैंड आ चुके हैं और हम वापस लेला के पास जाते हैं लेला को ये मेडिकल का सामान है वो वा वापस देते हैं तो लेला और भी हमसे कुछ बात करनी चाहती है लग रहा मेरे को तो फाइंड सम क्लॉन्थ ऑफर एंड फैक्ट्री हो अब हमें वापस डिस्टो फैक्ट्री जाना है गाइड लैला कह रही है कि मैं भूल गई थी वहाँ से फैब्रिक्स लाना और आपसे मेडिकेटे सामान मैंने मंगवाया था और फैब्रिक्स रह गई थी इसलिए आपको वहाँ पर जाकर फैब्रिक्स लाना है पहले जब हम आए थे तब सामान लेना और वो सामान लेकर आना बम को फोड़ना ये रिस्की था इस बार रिस्की थोड़ा नहीं है मेरे को लग रहा क्योंकि इस बार फेब्रिक्स ही लेकर वापिस आना है और इसके जोम्बिश को मारना ही पड़ेगा ना जोम्बिश को मारो और फेबरिक्स को लेकर आओ यूँ के लिए ले ला अभी वापिस का था और भाई पता है फेबरिक्स को लेना है वो कह रही थी कुछ मुश्किल आ सकती है यू मुझे लगा था कि ये रात को अब ये जोम्बि सो गए होंगे तो ये जाग रहे है रात दिन जाग रहे तो सोते कब होंगे क्या पता भाई इनका भी कुछ अलग रिसाब है कहाँ मिलेगा गर्ड्स टैग दौ गाइड्स ये तो जो कटर मशीन है थी पेड़ काटने वाला उसको उठाने को कह रहा है ये तो काइट्स ये हमें पीछे से भी कौन काट रहा है क्या बताऊं इससे को कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है ये भाई मुझे इससे भी बहुत मुश्किल पड़ रही है तो क्या है क्या जी कटर मशीन आज मैं कुछ सा उठा लिया और पता भी नहीं चल रहा है कैसे करो और गम भी नहीं है तो गम भी इससे मरते तो है मैंने भी देखे तो इससे मैं देख जाना गाइस यार ये यार इसे दिखाई भी नहीं दे रहा कहां जाना वो भी पता नहीं चल रहा अब हम इसे दूसरे रास्ते बाद में दिख रहे वक्रतों काтина था क्या मेरे को नक्की कर नक्की तो करने वाली मशीन है ये और ये ज़ॉम्बीज़ भी मेरे पास तो आ गई नहीं इससे इससे मर गए गाइस ये मशीन बहुत साउंड करता बहुत साउंड करता मशीन कुछ सुनाई नहीं देता है गाइड्स कुछ भी बहुत साउंड कर रहा मशीन भी और रहा हमें कहाँ पर जाना चाहिए गाइड्स वो रहा ये फैब्रिक इंफॉर्मेशन हमें फेब्रिक भी मिल जाएगी लगभग लग रहा मेरे को तो और ऊपर जाना मेरे को डिस्टोय द दे बेरीज दे अब मैं बेरीज को डिस्ट्रो करना है गाइड्स अब ये बेरिस क्या है इसमें तो बहुत सारा साउंड हो रहा है ये क्या मुझे समझ में नहीं आ रहा है कहाँ पर है? मिलेगा ये हो ये है मशीन ऐसा भी है इस गेम तो तो में मशीन वगैरह चलना चलाना पड़ता है ये मिल गया और इनको मारना पड़ेगा पहले तो फेब्रिक से जाने से पहले इन दोनों को डालना पड़ेगा ये जो फैब्रिक होते हैं उसको हिंदी में रुई अपने जो इसको वो पट्टी बनाने के लिए उसको काटना है लास्ट में ये इसको मारते हैं ये बास खतम और उसको उठाते है सब छोड़ गाइड्स हमें और भी फेबरिक्स और ऊपर जाना है गाइड्स और, और गंदे भी हैं इधर बहुत ये मशीन किसी को भी काटता है या तो, तो बहुत साउंड करता है ये देखो ये काम बहुत अच्छा कर रहा है नहीं कर रहा है ना काम बहुत अच्छा कर रहा है इसके लिए गन्न की भी जरूरत नहीं है बस पेट्रोल डालो और चालू कर दो इसको पर अब हमें फाइनली जाके रुई मिल, मिल गई फेब्रिक्स मिल गई फेबरिको हम फेब्रिक्स ही कहेंगे फिलहाल हमारा मशीन कम्प्लीट हो चुका है और अभी भी का कॉल आया था कि उसने कहा फैब्रिक्स रहने दो और इम्पोर्टेंट आपसे बात करनी है तुम इधर आ जाओ वो भी इम्पोर्टेंट जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आओ आपसे इंपॉर्टेंट बात करनी है इसी क्या इंपॉर्टेंट है गाइड्स बात क्या वो तो मेरे को नहीं पता सबसे पहले मुझे ये हेल्थ पूरी कर ले कर लेनी चाहिए वरना ये मुझे इसकी इंपॉर्टेंट मेरे को पता है ख़तरे में डाल दे इसकी इम्पोर्टेंट जो बात होती है वो इसको पहले तो ऐप कर लेते हैं पहले तो इसको यूज़ कर लेते हैं फटाफट -फड़ इसको बैकपैक में जाते हैं और इसको यूज़ करते हैं कौन सा लेदर इसकॉप इसकॉप भी हमने यूज़ कर लिया हम वापस से लेला के पास जाते हैं और क्या इंपॉर्टेंट बात है क्यों अर्जेंट बुलाया वो हम पहले पूछते इसको चलो लेला जल्दी बात करो ओके कम्प्लीट आपने जो कहा था वो मैंने आपको दे दिया फेब्रिक्स भी मैंने उसको दे दिए और इम्पोर्टेंट बात उसने कहा Be... Continue, okay? Guides, ये अभी लेला ने एक बात की है वो बात मुझे भी डेंजरस लग रही है बात यह है की जहा यहाँ ये यह टॉय के पास ये अमंडा बैठी रहती थी जो मतलब खिलौने में बेचती थी वो जो अमंडा अगली थी उसके माता पिता नहीं थे मतलब वो उसको कुछ गुंडे लोग उठा के ले गए तो गाइड्स आज के दिन इतना ही तो गाइड्स आपको ऐसी वीडियो देखनी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए जिसके रिलेटिव आपको वीडियो मिलती रहेगी अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ आपके फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और आपका फेवरेट पार्ट कमेंट कीजिएगा थैंक यू अगर आपको ये गेम चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड करें I okay. think.